जैसा कि कि मैंने आप सब से कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में जरूर आऊंगी तो मैं मैं आ गई और कीजिए मेरी ड्रेस में क्या है? बताइए। चांदी आपने सही बताया मैं नेशनल एंथम गाने जा रही हूँ समय वेट पर बात किए I should. से कह रही हूँ मैं अपने अगली वीडियो में जरूर आऊंगी बाय और हाँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब के की आइकन दबाना भी नहीं भूले बाय